नमस्कार स्वागत अभिनंदन दर्शकों पुनः राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है दिनांक 8 सितंबर दिन रविवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा इस पर दृष्टि डालेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले पुनः आप सभी को इस राशिफल के माध्यम से बताना चाहते हैं अलग से एक वीडियो हमने बना दी है लेकिन आप लोगों को फिर बताना चाहते हैं कि चंद्रयान मिशन हमारे ज्योति दृष्टिकोण से बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ है और पुनः चंद्रयान दो जितने डाटा हैं ये पुनः स्थापित होगा पुनः संपर्क में आएगा वैज्ञानिकों के और भारत विश्व गुरु ही है और इससे भारत की जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि है एक बार फिर से निखर कर सामने आएगी क्योंकि चंद्रमा जिस दिन ये फेल हुआ है वृश्चिक राशि में थे नीचस्थ राशि में थे इसलिए थोड़ी सी बाधा आई है लेकिन ये बाधा पुनः टलेगी वोटल जी ने कहा है ना अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा तो वही चीज है चंद्रयान पुनः चंद्रयान दो पुनः सारे डाटा जो हैं ये पुनः भेजेगा वैज्ञानिकों को और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है बस थोड़ा सा समय नहीं ठीक था लेकिन क्या करें हुई हैं वहीं जो राम रचि रखा हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है उनकी मेहनत को नमन है और उनके हौसले को जो है हमारा दिल से सलाम है हमारे सभी देशवासी आपके साथ खड़े हैं और पुनः हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहाँ तक कि जो थोड़ी बहुत भी हमको ज्योतिष की नॉलेज है और नॉर्मल जो भी जो है बेसिक ज्योतिष जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच के रहते हैं इस कारण थोड़ी सी विविता थोड़ी सी बाधा आई थी स्टार्टिंग में भी देखिए कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया उसके बाद पुनः इसको स्थापित किया गया था लेकिन जब दूसरी बार स्थापित किया गया था तो मुहूर्त ठीक था हालांकि जो है कुछ स्थितियां ठीक नहीं थी लेकिन बाकी चीजें ठीक थी तो दर्शकों चलिए राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले हम पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबंध 2076 हज़ार छिहत्तर सक संबत्त उन्नीस सौ इकतालीस परधावी नामक संबत्सर है और भादो मास की शुक्ल पक्ष है जो तिथि रहेगी दशमी तिथि है बाईस बजकर इकतालीस मिनट तक की इसके उपरांत एकादशी तिथि रहेगी नक्षत्र रहेगा मूल इसके उपरांत पूर्वा साधा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा आयुष्मान उसके उपरांत सौभाग्य योग रहेगा करण रहेगा तैतिल इसके उपरांत गर और अंत में वरिज करण रहेगा चंद्रदेव का आज जो गोचर रहेगा यही अगर चंद्रयान अगर दो दिन बाद स्थापित होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती तो चंद, चंद्रदेव का गोचर धनु राशि में रहेगा सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं तो प्रातः पाँच बजकर बावन मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर सोलह मिनट पर दर्शकों राहुकाल की ओर चलते हैं राहुकाल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है कि इस दौरान शुभ कार्यो को नहीं करना है तो राहुकाल का समय रहेगा शाम को चार से छह बजकर सोलह मिनट तक की शुभ कार्यों को इसमें मत करिएगा एवॉड करिएगा चलते हैं आपको जो है शुभ मुहूर्त बता देते हैं तो आज अभिजीत मुहूर्त में आप काम कर सकते हैं और विजय मुहूर्त है दोपहर तो में दो बजकर आठ मिनट से दो बजकर सत्तावन मिनट तक की इसमें काम कर सकते हैं दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग पंचांग में देखिए कई चीजें हैं जैसे दसवीं तिथि हमने बताया तो दर्शकों दसवीं तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि परवर का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन चावल और दाल का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही है दर्शकों रविवार दिन रहेगा दिशाशूल की बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा की ओर आप लोग यात्राओं कर यात्राएं करने से बचिएगा एवॉइड करिएगा यदि करनी पड़ जाए तो पहले पूर्व की ओर आप चार कदम चलेंगे उसके बाद पश्चिम की ओर जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि पान का मीठे पान का सेवन करके अथवा घी का सेवन करके जो लोग पान नहीं खाते हैं आप लोग यात्रा करिए आपकी यात्राएं सफल होती हैं राशि फल पर आगे बढ़ते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा इस पर चर्चा करते हैं तो मेष राशि के जातकों आज परिवार वालों के साथ बेहद ही समय बिताएंगे सामाजिक स्तर पर आपका सुखदा बढ़ेगा प्रेम संबंधों में आपको असफलता मिल सकती है कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए मित्र से कुछ आर्थिक पैकेज प्राप्त होता हुआ नजर आएगा विदेश यात्राओं का मौका आपको मिल सकता है ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा रहेगी बिजनेस में तरक्की का समय अच्छा रहेगा आज कुछ प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी मदद के लिए लोग आसानी से मिल जाएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सूर्य देव को अर्घ दीजिए आदित्य देव स्त्रोत का पाठ कीजिए शुभ कलर रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा तीन और शुभ दिशा रहेगी आपके लिए पूर्व दिशा वृषभ राशि आज आपका आर्थिक आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा किसी को ऐसे धन मत दीजिएगा मेहनत के परिणाम आज आपको जल्द प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे वृषभ राशि की जो महिलाएँ हैं इनके लिए आज का दिन कोई खास खुशखबरी भरा ले करके आया है करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा सफलता आपके कदम चूमेगी आज लोग आपके विचारों को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो चीटियों को आटे में शक्कर डाल करके कुछ डालिए आप और इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और ब्राह्मण को कुछ मीठा जरूर खिलाइए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण मिथुन राशि के जातकों आज आप अपने डेली रूटीन में बदलाव कर सकते हैं दोस्तों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे मिथुन राशि के जातक हैं कैरियर से रिलेटेड आज आपको सफलता प्राप्त होगी आज आप कोई जरूरी प्लानिंग बनाते हुए नजर आएंगे और आज आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा किसी नए काम के लिए आज आप सोच विचार करके आगे बढ़ सकते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा उन्हें अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है उपाय के तौर पर आज कोशिश कीजिए कि गाय को जल जरूर पिलाइए जी हाँ पानी पानी आपको जरूर पिलाना रहेगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ रंग जो है शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज किसी काम को लेकर आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं व्यापार में आपको उम्मीद से आज कुछ कम लाभ होगा किसी पर अपना काम थोपने की कोशिश करने से आपको बचना चाहिए आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है साथ खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे कोशिश कीजिए का माता पिता के पैर छूकर के आशीर्वाद लीजिए और कार्यक्षेत्र तो पर निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके निकलिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर सिंह राशि आज आपका जो है क्या कहते हैं सॉफ्ट कार्नर लोगों को प्रभावित कर सकता है आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा आज आप किसी पुराने मित्र से ए, मिलने उसके घर पर जा सकते हैं अपने किसी काम में आज आपकी दोस्त आपको मदद करते हुए ए, नजर आ रहे हैं उधार लेन देन करने से आपको बचना चाहिए आज आप रिश्तों की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए बच्चों के साथ आज आप खुशी के पल बिता सकते हैं आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए सारे दस्तावेज वगैरह साथ में ले करके चलिएगा अन्यथा चलान कटेगा और इस समय चलान की रकम भी बहुत भारी भरकम हो गई है तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर आज आप अनार का जो है अनार के रस से अभिषेक करिए मंत्र से लक्ष्मी प्राप्ति आपको होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व वहीं कन्या राशि के जात को आज आप काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे कई दिनों से पेंडिंग काम को पूरा करके आज आप राहत की सांस लेंगे हर संभव जरूरतमंद लोगों की आज आप मदद करते हुए नजर आएंगे आज आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे लव मिट आज रेस्टोरेंट में जो है रेस्टोरेंट में जा सकते हैं लव मिट के साथ घूमने के लिए विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति होगी कोशिश कीजिएगा कि आज मां दुर्गा के मंदिर में एक जल वाला नारियल सूखा नहीं जल वाला नारियल आप दान करिए आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर वहीं तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा आपके रुके हुए कार्य किसी सहयोगी की मदद से पूर्ण होंगे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती है उनकी जिम्मेदारियों का बोझ आज आप उठाते हुए नजर आएंगे आज आपकी कोई राज की बात आपके जीवन साथी के सामने उजागर हो सकती है दूसरों के सामने सोच समझकर आज बोलिएगा किस्मत का साथ मिलने में थोड़ी सी परेशानी आएगी माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा व्यापार में आपकी तरक्की होगी मंदिर में कोशिश कीजिए कि आज श्रम करिए और धर्म स्थान की सफाई करने से आज, आज आपका भाग्य बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आप मित्रों के साथ घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं किसी जरूरी काम को आज जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी वृश्चिक राशि के हर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है बिजनेस के सिलसिले से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आधे हृदय स्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण धनु राशि कैसा रहेगा आज का दिन चूंकि चंद्रदेव आपकी ही राशि में चलायमान है आगे बढ़े उससे पहले दक्षिण को दिल्ली में आ रहे हैं चौदह पंद्रह तारीख को इच्छुक लोग अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे मिल सकते हैं और उज्जैन भी आ रहे हैं तो आप लोग मिल सकते हैं धनुराशि के जात आज आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक लगा रहेगा यदि आप धनु राशि के और स्टूडेंट हैं तो करियर से रिलेटेड आज आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है ऑफिस में कोई जूनियर आज आपसे मदद मांगेगा और आप उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे धन लाभ के अवसर मिलेंगे आपका आज मन बड़ा प्रसन्न रहेगा सेहत के मामले में फिट रहेंगे आज कोशिश कीजिए कि तुलसी जी के पास आपको देसी घी का एक दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये पर्पल कलर रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा मकर राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो मकर राशि के जात को आज अपने राज की बात किसी को मत बताइए अन्यथा काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो सकती है आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होती हुई दिखाई पड़ रही है किसी काम में आज ज़्यादा भागदौड़ आपको करना पड़ेगा किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आज आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आज, आज आप सफल रहेंगे पैसों के मामले में पार्टनर की मदद मिल सकती है कोशिश कीजिए कि अनाथालय में जा करके कुछ बच्चों को मीठा बांटिए तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है कुंभ राशि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो कुंभ राशि के लिए आज का दिन बड़ा फेवरेबल रहने वाला आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी आज आपके कार्यों की तारीफ हर तरफ होगी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे यदि आप स्टूडेंट हैं विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा शिक्षकों से पढ़ाई में पूरी तरीके से मदद मिलेगी आज किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त होगा पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करिएगा कोशिश कीजिएगा पूरा करने में सफल हो सकते हैं किसी खास व्यक्ति से आज, आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आपके दाम्पत्य संबंधों में जो है आज मधुरता आएगी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा आपको संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे पैसों के सिलसिलों में अधिकारियों से बातचीत होने के योग बन रहे हैं और आज आपके उच्च अधिकारी आपको कोई रिवार्ड या कोई पारितोषक इनाम आपको देते हुए नजर आएंगे कुल मिलाकर के बॉस आपसे खुश रहेंगे बॉस के बातों को ध्यान से सुनिएगा कोशिश कीजिएगा कि छोटी कन्याओं को आज आप पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए और उनको टॉफी चॉकलेट वगैरह आप जरूर दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का रवि रविवार का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और फिर दर्शकों हम कह रहे हैं अपने इस चैनल पर कि जो है चंद्रयान दो पुनः ये सारे डेटा अपने भेजेगा संपर्क स्थापित होगा बस विश्वास बनाए रखे विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है तो दर्शकों दीजिए इजाजत लेकिन जाते जाते दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं और उज्जैन में मिल सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों नए दर्शक हैं यदि आप तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पेज पर देखना तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार